YouTube के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर YouTube अमेरिका का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियोस को देखा और शेयर किया जाता है फैक्ट नंबर टू PayPal के तीन पूर्व कर्मचारी चार ढारे स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर YouTube को बनाया था फैक्ट नंबर थ्री YouTube की शुरुआत आज से लगभग सत्रह साल पहले फरवरी दो को एक डेटिंग साइट के रूप में हुआ था फैक्ट नंबर फोर जिसे बाद में नवंबर 2006 को गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर में यूट्यूब को खरीद लिया था फैक्ट नंबर फाइव यूट्यूब का डोमेन नेम youtube.com को 14 फरवरी 2005 यानी कि वेलेंटाइंस डे के दिन सक्रिय किया गया था फैक्ट नंबर सिक्स यूट्यूब पर पहला वीडियो 24 अप्रैल दो को अपलोड हुआ था जिसका टाइटल मी एट द जू था फैक्ट नंबर सेवन गूगल के बाद यूट्यूब दूसरा सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला वेबसाइट है फैक्ट नंबर एट यूट्यूब अभी लगभग सौ से ज्यादा देशों और लगभग अस्सी भाषाओं में उपलब्ध है फैक्ट नंबर एन यूट्यूब को पहले 20 देशों ने बैन किया था और अभी वर्तमान में यूट्यूब लगभग 9 देशों में बैन है फैक्ट नंबर टेन यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे से भी ज़्यादा के वीडियो अपलोड किए जाते हैं